स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल आसीस पे दिनांक 22 अगस्त 2018 का दैनिक राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है आज के सितारे क्या कहते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के जितने हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए कुछ ना कुछ नया प्रयोग बताएंगे शुभ अंक शुभ रंग किन नेम की स्पेलिंग के लोगों से आप लोगों को रहना है सावधान इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे और अंत में एक ऐसा विशेष उपाय बताएंगे जो सभी राशियों के लिए शुभ हो तो दर्शकों बने रहिएगा अपने इस जुत्सी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं बीच में हमारा प्रोग्राम था दिल्ली का तो दिल्ली चले गए थे वहां पर तमाम लोगों से मुलाकात हुई और एक महान शख्सियत जो अब हमारे बीच नहीं है तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कवि कुलभूषण राजनीति की विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तो उन्ही के अंतिम दर्शन के लिए हम गए हुए थे देखिए तमाम लोग लाइव आ चुके हैं अशोक जी नमस्कार जी सभी लोगों को हमारा राम राम तो पंचांग पर हम दृष्टि डाल लेते हैं देखिए हमारा ये जो पंचांग है ये भारत की राजधानी नई दिल्ली को स्टैंडर्ड मान करके बनाया गया है तो सूर्योदय होगा प्रातः पांच बजकर तिरपन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को अठारह पर और चलिए राहु काल का हम समय बता देते हैं इस काल में आपको शुभ कार्य नहीं करना है तो कल का जो रह, मंगलवार वाले दिन बुधवार के दिन का जो राहु काल है ये रहेगा बारह बजकर तेईस मिनट से चौदह बजे के बीच में राहु काल रहेगा और अगर आपको शुभ कार्य करना है तो आप रहता साढ़े बारह आपको जो है हाँ बाईस बजकर मिनट पर अमृतकाल होगा इस दौरान आप शुभ कार्यो को कर सकते हैं और दोपहर बजे से लेकर के बीच में भी आप श्रावण मास है वर्षा ऋतु चल रही है और एकादशी तिथि जो है प्रातः सात बजकर इकतालीस मिनट तक रहेगी उसके बाद द्वादशी तिथि है और नक्षत्र रहेगा गंडमूल दर्शकों एकादशी के दिन हमने आपको बताया था कि एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए तो एकादशी के दिन चावल और दाल नहीं खाना चाहिए और जो द्वादशी तिथि आज लग जाएगी सुबह साढ़े सात बजे के बाद तो मसूर की दाल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ना ही इनका दान करना चाहिए एकादशी तिथि बहुत अच्छी तिथि मानी जाती है और आप एकादशी के तिथि वाले दिन जो है सूर्योदय वाले दिन प्रातःकाल आप आंवला जो है इसका सेवन आप कर सकते हैं आंवले का जो तेल होता है या रस होता है आंवले का रस इसको आप जल में डाल करके स्नान कर सकते हैं इससे कार्यों की सिद्धि होगी आपके जो समस्त पाप है वो कटेंगे भगवान नारायण का ये दिन होता है पुरुष सुख से अभिषेक करने पर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है दर्शकों गोचर के बारे में चलिए बता देते हैं कि गोचर क्या है हमने बीच में जो है गोचर भी शुरू किया है तो आज का जो गोचर है सूर्य अपनी स्व सिंह राशि में रहेगा चंद्रमा जो है धनु राशि में मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में वक्री समय चल रहा है तो मकर राशि में मंगल का गोचर रहेगा चार अंश पर बुद्ध कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं शुक्र कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं बुद्ध की राशि है गुरु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं शनि क्रमशा धनु राशि में राहु और केतु राहु कर्क राशि में गोचर कर रहा है इस समय और केतु का जो गोचर है यह मकर राशि में है हमको लगता है कि हमने सभी ग्रहों को बता दिया है कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो छूटा हो अगर कुछ छूटा है तो मानवीय भूल समझकर कर क्षमा करिएगा तो दर्शकों जिनका जन्म द्वादशी तिथि में होता है उनका दिमाग बड़ा अस्थिर रहता है किसी भी विषय पर ये लोग दिमाग केंद्रित नहीं कर पाते हैं इनका मन बहुत ही चंचल रहता है जो जातक होते हैं दुबले पतले होते हैं थोड़े से कमजोर होते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थिति अच्छी नहीं होती है यात्रा के शौकीन होते हैं सैर सपाटे के शौकीन होते हैं तो चलिए अब राशिफल पर हम बता देते हैं तो मेष राशि के लिए आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो मेष राशि के जातकों शनि और चंद्रमा क्रमशः एक साथ गोचर कर रहे हैं धनु राशि में और आपके जो है अगर हम जो है लग्न की बात करें तो आपसे नवे भाव में इनका गोचर चलेगा तो कुल मिलाकर के भाग्य का जो साथ सपोर्ट मिलना चाहिए वो उतना ज्यादा मिलता हुआ नहीं आ रहा है मानसिक रूप से बहुत ही अशांत रहेंगे कोई ऐसा कष्ट कोई ऐसी पीड़ा हो सकती है जिससे आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाए आपके जो कार्य हो रहे हैं अचानक उसमें कुछ ब्रेक लग सकता है हो सकता है संभव हो सकता है कि जो है मुनाफा जो है होने वाला हो उसमें आपको कुछ हानि मिल जाए दोस्तों का सहयोग मिलेगा जीवन साथी के साथ किसी छोटी सी बात पर अनबन हो सकती है मानसिक शांति भंग हो सकता है आप अपने पार्टनर के प्रति रवैये को बहुत ज्यादा रियूड रखेंगे इससे आपको बचना है कामकाज में सुधार होगा आपका जो आकर्षण है ये आज सभी लोगों को भाएगा कार्य क्षेत्र में कार्यक्षेत्र पर आज आपकी डंका बजेगी आज आपकी विजय होगी इसके साथ साथ आज कोई गुप्त रूप से आपको बात पता चलती हुई यहां पर नजर आ रही नई जिम्मेदारी भी आज आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी तो किसी ना किसी बात से देखिए टेंशन रहेगी तो प्रातः काल जल्दी उठ के यदि आप सूर्य नमस्कार और भगवान सूर्यदेव को अर्घ दे, दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा करना क्या है आज आप दो मुठी गेहूं ले लीजिएगा अपने हाथ से और गेहूं का दान धर्म स्थान पर या किसी गरीब को यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर की बात करें तो आज व्हाइट कलर आपका शुभ कलर रहेगा अंक आठ नंबर एट आपका शुभ अंक रहेगा और आपको यू नाम और पी नाम के लोगों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है वृषभ राशि की ओर चल बढ़ते हैं तो दिन आज का कुल मिलाकर के आपका सामान्य रहता हुआ नजर आएगा लेन देन और निवेश के मामलों में कोई नई प्लानिंग करते हुए आज आप नजर आएंगे आज आपके आसपास चहल पहल बहुत ज्यादा रहेगी एकाग्रता आज आपकी देखिए अच्छी रहेगी कुल मिलाकर के एक साथ मल्टीटास्किंग कई कार्य आज आप संभालते हुए नजर आएंगे लोगों से मिलने और परिवार के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम आज बन सकता है आज कम मेहनत में अधिक सफलता प्राप्त करने का योग बन रहा है आज देखिए बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर के आज, आज आपको जिद नहीं करना है और पिता के स्वास्थ्य का आज आपको बेहद ही ध्यान बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा पिता के स्वास्थ्य का अन्यथा कोई जो है दिक्कत की बात सामने आ सकती है तो वृषभ रास के जात आज करना क्या है आज भगवान भोलेनाथ पर जल में आप थोड़ा सा तिल का तेल मिला लीजिएगा और इसके बाद आज आप अभिषेक यदि आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा और अभिषेक भी किससे करना है रुद्राष्टक का पाठ अब आप कहेंगे रुद्राष्टक का साहब क्या पाठ होता है तो रुद्राष्टक का पाठ हमारे कम्युनिटी टैब में आप देख लीजिए हमारा फेसबुक का पेज है एस्ट्रोबिद आशीष उस पर जा सकते हैं एस्ट्रो पर आप जा सकते हैं फॉलो कर लीजिए वहां पर आपको मिल जाएगा और नहीं अगर मिलता है तो आप नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुण निराकार करालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसार पारम नोह तुषाराद्र संस गौरम गंभीरम मनोभूति को तो इसका आप जो है कितना अच्छा रहता है ब्लू कलर आज आपका नीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक दो यहां पर शुभ अंक है जी नाम नाम और एम के लोगों से आज आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत है चलिए मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं जेमिनी की ओर बढ़ते हैं तो आज आपके कोई कार्य रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं सितारे ऐसा संकेत दे रहे हैं इसके साथ साथ संकोचवश आज हो सकता है कि आप लोगों से दूर कटते चले जाएं हटते चले जाएं तो इससे आपको बचना है लोगों के पास जाना है उच्च अधिकारियों का अच्छा सहयोग आज आपका आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा आज कुछ प्रभावशाली लोग आपकी मदद करते हुए हेल्प करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं नियमित कामकाज में आज आपका मन लगेगा किसी अपनी गुप्त बातें और अपनी योजनाएं किसी के साथ शेयर मत करिएगा किसी को भी मत बताइएगा जो भी काम करिएगा अकेले में ही आपको करना रहेगा कुछ लोगों की नजरों में आज कुछ आपकी नेगेटिव छवि भी बनती हुई नजर आएगी बिजनेस के लिए छोटी और फायदेमंद यात्राओं के योग भी बन रहे हैं नई जिम्मेदारी मिल सकती है नौकरी में कुछ गुप्त शत्रुओं के कारण आज परेशानी होती हुई नजर आएगी आज पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा सेहत आपकी स्वस्थ रहेगी आनंददायक रहेगी करना क्या है रोटी पर थोड़ा सा दही और चावल लगा करके किसी सफेद गाय को यदि आप खिलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा ग्रीन कलर आपका शुभ कलर है अंक तीन आपका शुभ अंक है आपको एम नाम के नाम के लोगों से सावधान रहने की आज के दिन जरूरत है कर्क राशि राशि कैंसर आज का राशिफल क्या कहती है तो आज कामकाज में आपकी जिम्मेदारी और कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है स्थान परिवर्तन का योग है किसी नए स्थान पर जाने का योग बन रहा है आज कुछ नई चीज आप सीखते हुए नजर आएंगे प्रेमी के साथ संबंधों और नजदीकी रिश्तों के मामलों में आज प्रगति होगी आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं कुछ दिमाग में उथल पुथल होती हुई नजर आएगी आज आपको कुछ फायदा हो सकता है जितना हो प्रैक्टिकल रहे बहुत अच्छा रहेगा नौकरी में खुद के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा पैसों के मामले में आज छोटी मोटी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है हो सकता है पुराना धन जो आपका फंसा हुआ हो आज आपको कहीं से प्राप्त होता हुआ दिखे ऑफिस में किस्मत का साथ बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ बैलेंस रहेगा ठीक ठाक रहेगा आज काम के बोझ के कारण आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे थोड़े परेशान हो सकते हैं पैसों की स्थिति और निवेश के मामलों को बहुत गंभीरता से लें आज करना क्या है गाय को चावल आपको खिलाना है और चावल ऐसा वैसा नहीं चावल को पका लीजिएगा चीनी डाल लीजिएगा मीठा चावल आपको गाय को खिलाना है काली गाय हो तो बहुत अच्छा रहेगा सिलेटी कलर कर्क -कर राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ रहेगा अंक आपका शुभ अंक रहेगा आपको सी नाम और ओ नाम के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है आपकी इजाजत हो तो कुछ कमेंट ले लें चलिए मिकेश जैन जी लिखते हैं जय गणेशाय नमः तो जय गणेशाय नमः जी युगल किशोर जी लिखते हैं राधे राधे जी युगल जी राधे राधे शुभम मिश्रा भैया जी पा लगी आज बहुत अच्छे लग रहे शुभम जी आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोग छोटे भाई जैसे हो सूरज जी लिखते हैं राधे श्याम जी जी जी श्री राधे जी और मीनू जी लिखते हैं प्रणाम पंडित जी राधे कृष्ण जी मीनू जी बहुत बहुत नमस्कार सब लोग देखिए हमारे दर्शक लोग हमको देख रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है ये हमारे लिए और दीपक जी ने कोई कमेंट देखिए किया है दीपक कुमार वर्मा जी पंडित जी आपसे बात कैसे हो सकती है बताएं आपकी सलाह चाहिए कुछ दीपक कुमार जी डिस्क्रिप्सन बॉक्स में देख लीजिए एक नंबर है और नहीं है तो आप नोट कर लीजिए नाइन नंबर एक बार पुनः दोहरा देते हैं नाइन इस नंबर पर आप फोन कर लीजिए हमारे असिस्टेंट हैं ये फ़ोन उठाएंगे कुंडली देखने का देखिए चार्ज है प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा तो प्रॉपर चैनल से आइए युवराज जी लिखते हैं आशीष जी सादा प्रणाम युवराज जी नमस्कार तरुण नायक जी लिखते हैं जय महादेव जय महादेव तरुण जी जय शंकर बोला करिए तो जी कहां पर हम लोग थे सिंह राशि के बारे में शायद बताना था तो आज चूंकि पंचम भाव में चंद्रमा चंद्रमा और शनि का गोचर रहेगा तो कई बातें कुछ महत्वपूर्ण बातें आज आप सीखते हुए यहाँ पर नजर आएंगे महत्वपूर्ण लोगों के साथ आज आपका तालमेल होता हुआ पर नजर आ रहा है और जिन्हें देखिए कुछ लिख रहे हैं कि पंडित जी ग्यारह सौ रुपए बोल रहे हैं दीपक जी तो आप फ्री कुंडली वाला जो वीडियो पड़ा है उसमें आप अपना कमेंट छोड़ दीजिए लकी ड्राइव यदि आप होते तो हम आपसे बात कर लेंगे तो आज कुछ नई गुप्त बातें सीखते हुए नजर आएंगे महत्वपूर्ण लोगों के साथ आज आपका अच्छा तालमेल रहेगा कुछ रिश्ते आपके हो, जो है अगर अभी तक आप हैं तो विवाह का नया प्रपोजल मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है पैसों की स्थिति को लेकर थोड़ा सा विचार करिएगा मानसिक रूप से कुछ असंत असंतोष जो है आज, आज आपको रहेगा कुछ अनसुलझे सवाल आपके सामने आ सकते हैं परिवार में एकजुटता रखें रखें आज बहस में ना पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ आज आपकी वो ताकत रहेगी तो उनके साथ स्वस्थ चर्चा करिएगा हेल्थी डिबेट करिएगा कोई आप शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है आज किसी को प्रपोज करने की यदि आप सोच रहे हैं तो काफी अच्छा समय है कामकाज में यदि आप मूड बना रहे हैं नौकरी चेंज करने का तो उसके लिए भी सिंहरास के जातकों के लिए अच्छा समय है करना क्या है आज देखिए रोटी पर आपको हल्दी लगाना है घी लगाना है रोटी पर हल्दी लगाना है घी लगाना है और एक हल्दी की गाठ ले लीजिएगा उस रोटी पर रख दीजिएगा और उसको पीपल के वृक्ष के नीचे आज आपको रख देना है ये छोटा सा कार्य करके चले आइएगा शुभ कलर की बात करें तो व्हाइट कलर शुभ कलर है शुभ अंक की बात करें तो अंक नौ आपका शुभ अंक है आपको जी नाम टी नाम के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है कन्या राशि क्या कहता है आज आपका राशि तो बिजनेस और नौकरी में कुछ अच्छा होने के इशारे मिल रहे हैं किसी खास मामले को लेकर परिवार से बातचीत हो सकती ऑफिस के काम या अपने किसी शौक के कारण आज आप बहुत ही ज्यादा व्यस्त होते हुए नजर आएंगे आज पार्टनरशिप में हो सकता है कुछ आपको धोखा मिले मुमकिन है कि आज आप सफर पर जा सकते हैं लंबी यात्राओं के लिए योग बन रहा है आर्थिक तंगी से बचने के लिए तय बजट से दूर ना जाए जितनी चद्दर है उतनी पैर फैलाएंगे तो खुश रहेंगे आज ऐसे कामों में आपकी सहभागिता हो सकती है जिसमें कुछ युवा लोग जुड़े हुए हों और आज किसी ऐसे इंसान से मिलने की संभावना है जो आपको समझेगा आपके जो है दिल में उतरेगा गहराई से आपको समझता हुआ नजर आएगा व्यवसायियों के लिए अच्छा समय है कुछ फायदा हो सकता है लेकिन विवाद में आप लोग मत पड़िएगा तो कन्या राशि के जातकों मानसिक तनाव तो कुछ रहेगा लेकिन तनाव के साथ साथ हो सकता है कि कुछ स्थितियां आपके जो है अनुकूल सामतकी होती हुई दिखे आज करना क्या है चमड़े का दान यदि आप कर सकते हैं चमड़े का चप्पल हुआ या चमड़े का जो है कोई जूता वगैरह हुआ इन सब चीजों का दान आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हाँ लव लाइफ अच्छी रहेगी करना क्या है देखिए भगवान भोलेनाथ पर आज आप दूध से भी अभिषेक कर दीजिएगा रुद्राष्ट का वही अपना पाठ है ग्रीन कलर शुभ कलर है अंक शुभ अंक है आपको सी नाम और ए नाम के लोगों से सावधान रहना है तुला राशि लिब्रा तो आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो राशि भविष्य यही कहती है कि पुराने संबंधों में प्रगाड़ता आएगी मजबूती से आज पुराने संबंध आपके आगे बढ़ेंगे कोई एक्स्ट्रा काम यदि आप आज हाथ में लेते हैं तो उसको निपटाते हुए नजर आएंगे हालांकि ध्यान रखना है कि नई जिम्मेदारी यदि आ, मिल रही है आपको तो उसका निर्वहन बहुत ही अच्छे से करिएगा दूसरों की मदद करने से आज आपको आत्मसंतुष्टि आप प्राप्त होती हुई दिख रही है कुछ धार्मिक कार्य क्रियाकलापो का आज आप आयोजन करते हुए नजर आएंगे पिता के स्वास्थ्य कुछ आपको हो सकता है घबराहट लगे कुछ चिंता की बात लगे लेकिन चिंता मत करिएगा ईश्वर सब ठीक करेगा आज कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं आपको जो कि जो है आपको जीवन की सत्य का राह दिखाएं जैसे कि कोई हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग कर जाए जो आपका बहुत खास हो तो कुछ कटु अनुभव का भी आज आपको सामना कर दिख रहा है गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा अन्यथा स्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है आज आपके ऑफिस में आपके पीठ पीछे कोई आपका ही आदमी आपके बॉस से चुंगली करता हुआ दिखेगा आज करना क्या रहेगा पीपल का पत्ता ले लीजिएगा और हल्दी से गंग गढ़ नमः ये लिख करके आज आपको गणेश जी को अर्पित कर देना है चढ़ा देना है आपके लिए ऑरेंज कलर देखिए आज शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा और आपको पी नाम जी नाम के लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है अगली राशि की ओर बढ़े स्कॉर्पियो तो वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं आज आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है परेशानियाँ कम होंगी आपके मन में जो भी बातें घूम रही हैं उन पर किसी के साथ सोच विचार कर काम करेंगे तो फायदा ही होगा आज आपके पास समय पर्याप्त है पूर्व में जो आपके काम पेंडिंग है उनको निपटाते हुए आप नज़र आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों या प्रेमी के साथ आज आपका संबंध बीतेगा ज़्यादातर मामलों में सफल हो जाएंगे घर परिवार में आपके लिए बहुत काम रहेगा उन कामों को आज आपको निपटाना रहेगा प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग आज वृश्चिक राशि के जातकों को मिल रहा है जीवन साथी के साथ किसी खास मामले पर बातचीत करेंगे आज आप कुछ भी बोलने से पहले सावधानी रखिएगा अपनी गुप्त बातें आज किसी के सामने उजागर मत करें तो बहुत बेहतर रहेगा किसी को पैसा आज के दिन आपको उधार नहीं देना है तो वृश्चिक राशि के जातकों करना क्या है देखिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय आप लोगों को बता रहे हैं आज किसी गरीब को और वो भी वृद्ध हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा कुछ मीठा दे दीजिएगा जैसे कि आप घर से खीर बनाकर दे सकते हैं कोई मिठाई आप दिला सकते हैं बताशे का दान कर दीजिए सबसे सस्ता सुलभ है बताशा आज आप गरीबों में दान कर दीजिए और ऑरेंज कलर शुभ कलर आपके लिए भी देखिए है और अंक आठ आपका शुभ अंक है ओ नाम और आर नाम के लोगों से आज आपको अलर्ट रहना है चलिए धनु राशि की ओर बढ़ते हैं तब तक कुछ कमेंट ले लेते हैं तमाम कमेंट आए हुए हैं गगन कौर जी लिखते हैं सर कुछ दिन से आप नहीं आए गगन जी मैं दिल्ली गया हुआ था दिल्ली मीटअप भी था और देखिए मीटअप के पहले एक बहुत बड़ी ट्रेजी देश को हो गई शायद वो कभी अब पूरी ही ना हो क्योंकि जिन शख्सियत जो है जो शख्सियत हमारे बीच अब नहीं है उनके बारे में क्या कहना दस साल पहले उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था और संन्यास लेने के बाद राजनीति का कोई एक स्टेटमेंट उनके ऊपर आपने नहीं सुना होगा तो ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ी बात होती है तो ऐसी शख्सियत के अंतिम दर्शन के लिए हम गए हुए थे उसके बाद फिर दिल्ली का मीटअप था अब जैसे लोगों से बात हुई कई लोग मिले प्रभावशाली लोगों से भी बात हुई लेकिन हमारा जो दिल्ली का जो जाना था वो सबसे बड़ी चीज कि उस महान आत्मा के हमने अंतिम दर्शन किए जिनको हमने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखा था उनका आशीर्वाद भी हमको प्राप्त था, प्राप्त था है और भविष्य में भी प्राप्त रहेगा तो ऐसे लोगों के अंतिम दर्शन में जाना परम आवश्यक था क्योंकि मृत्यु तो ही अंतिम सत्य है एक चीज और बताना चाहेंगे जितने हमारे दर्शक अब ये वीडियो देख रहे हैं एक बहुत बड़ी बात बता देते हैं यदि कभी भी आपके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार आ जाएगा तो हमारी बताई हुई एक टिप्स आप लोग आजमा लीजिएगा आपका अहंकार दो मिनट में दूर हो जाएगा कोई शमशान घाट आप चले जाइएगा हम भी जाते हैं इंसान हैं हमारे अंदर भी अहंकार आ जाता है और ये अहंकार माया से बनी हुई चीज़ है प्रभु की दी हुई ये चीज़ है तो शमशान घाट में आप चले जाइए और वहाँ पर आप एक से डेढ़ घंटा बिताइए आपका अहंकार दो चार दिन के लिए तो ख़त्म हो ही जाएगा ये आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं तो धनुरा धनु राशि की बात कर रहे हैं आज चंद्रमा और शनि का गोचर आपकी ही राशि में है और इसके साथ साथ आज धन लाभ के अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं शत्रुओं पर प्रायः विजय प्राप्त होती हुई दिख रही ऑफिस में मेहनत बहुत ज्यादा होगी नौकरी में प्रोग्रेस का योग बन रहा है आज आपका आत्मविश्वास बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा दिन अच्छा है समय अच्छा है परिस्थिति अच्छी है ज्यादातर मामलों में आज नुकसान से आप बसते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन आपको किसी के ऊपर आंख बंद कर विश्वास कर नहीं करना है पार्टनरशिप में भी यदि आपको कर रहे हुए हैं तो थोड़ा बहुत आपको जो है देखना रहेगा कि कहीं वो पार्टनर आपके साथ चीट तो नहीं कर रहा है आज दोस्तों से कुछ मदद मिलती हुई नजर आ रही है संतान से सुख और आर्थिक मदद मिलने के योग बन रहे हैं घर से दूर रहने वाले लोगों के लिए आज फायदा हो सकता है विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होता हुआ दिख रहा है आज करना क्या है पीपल के वृक्ष पर केसर ले लीजिएगा और केसर को अच्छे से घोल लीजिएगा और अनामिका उंगली का प्रयोग करके स्वास्तिक बनाना है पीपल के वृक्ष पर बहुत ही शुभ रहेगा इतना छोटा सा प्रयोग करके देखिए और येलो कलर आपका शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक पांच आपका शुभ अंक रहेगा टी नाम आर नाम के लोगों से बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना है कैप्रिकॉन मकर राशि सचिन जी आ गए सचिन जी नमस्कार राम राम। है आज लोग आपकी बात सुनेंगे किसी बैठक समारोह का आज बुलावा आपको मिल सकता है परिवार वालों का पूरा समर्थन और सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा दूर स्थान के लोगों से बातचीत होगी और विदेशों में आज यदि आपको जो है कुछ लाभ होने की स्थिति दिख रही है जैसे आप विदेश से व्यापार कर रहे हैं तो काफी कुछ लाभ होगा अच्छी स्थिति दिख रही निधि जी लिखते हैं गुरु जी प्रणाम निधि जी नमस्कार राम राम आज पुराने विवाद कोर्ट कचेरी से मामले निपटते हुए दिख रहे हैं सोचे हुए काम आज आपको पूर्ण होने में थोड़ी बहुत परेशानी दिख रही है जोखिम भरा कोई काम आज, आज आपको नहीं करना है घर परिवार में कुछ गलत के कारण वाद विवाद हो सकता है और पैरों का विशेष ध्यान रखिएगा शनि की साढ़े साथी भी आपकी प्रारंभ हो चुकी है हालांकि जो प्रथम ढाई साल रहता है वो सर पर रहता है अगला ढाई साल आपके पेट पे रहेगा तीसरा ढाई साल जो होता है अंतिम चरण जो होता है वो पैर पर रहता है फिर भी यहां आज आप अपने पैरों का विशेष ध्यान रखिएगा शेयर बाजार में निवेश करने से आज मकर राशि के जातकों को बचना है आज उपाय क्या करना है तो दस साल से कम कन्याओं को मीठा दीजिएगा छेने की मिठाई खिला दीजिए सफेद मिठाई बताशे खिला दीजिए अच्छा रहेगा ब्राउन कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा अंक आपका शुभ अंक रहेगा आपको पी नाम और ए नाम आ छोटा नाम इन लोगों से देखिए बहुत सावधान रहिएगा अच्छा रहेगा कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं यात्राओं का योग प्रातः काल से कुंभ राशि के जातकों को बन रहा है कुछ नए दोस्त मिलते हुए नजर आ रहे हैं आज आपको नए जॉब का ऑफर मिलता हुआ दिख रहा है आराम करिएगा मानसिक रूप से आज बहुत ज्यादा जो है हो सकता है कि चूंकि शनि चंद्रमा का गोचर चल रहा है तो संभव है बहुत हद तक संभव है कि कुछ मानसिक वेदनाएं मानसिक पीड़ाएं आपको आज मिले अपने अंदर ईगो मत लाइएगा अहम मत लाइएगा बड़ों बड़ों का अहम नष्ट हो चुका है और ऑफिस या फील्ड में कुछ निगेटिव सिचुएशन बनती हुई दिख रही है रिश्ते तोड़ने में आज जल्दबाजी मत करिएगा रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गाठ पड़ जाए कि जो रिश्ता होता है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है नाजुक होता है इसको आपको बचाकर चलना है यात्राओं में खर्च बढ़ेगा ट्रांसफर का योग बन रहा है करना क्या है आज आपको आज कॉपी किताब से रिलेटेड आपको डोनेट करना है दान करना है जैसे कि पेंसिल हो गई शॉर्पनर हो गया इरेजर हो गया स्पाइरल स्पायरलिंग हो गई आपकी कॉपी किताब पेंसिल इन सबका दान करना है ब्लैक कलर आपका शुभ कलर है क्यों नाम और टी नाम के लोगों से आपको सावधान रहना है और अंक आपका शुभ अंक रहेगा अंतिम राशि मीन राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो अंतिम राशि पर आगे बढ़े उससे पहले बता दे दर्शकों की जाइए फेसबुक पेज पर एचि पेज को लाइक कर दीजिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार रहेगा और हमारा ग्रुप भी फेसबुक का है लिखेंगे तो हमारा ही पेज खुलेगा आज लाभ की स्थिति मीन राशि वालों को दिख रही है कर्म का भाव चंद्रमा आपके काम पूरे कर सकता है आज पूरा का पूरा ध्यान आपके करियर पर होगा आप थोड़े मूडी और थोड़े ज्यादा ही संवेदनशील हो सकते हैं सामाजिक कार्यो में शामिल होने का मौका आज आपको मिल सकता है मीन राशि के जात को प्रातःकाल से ही लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा आज दिन सामान्य रहेगा सुखद घटनाएं होंगी परिवार के साथ अच्छे से समय बीतेगा आप जीवन में पॉजिटिव सोचिए पॉजिटिव नजरिया लाइए बहुत अच्छा रहेगा इनकम में सुधार होने का योग मीन राशि के दर्शकों को बन रहा है ऑफिस या फील्ड में सावधान रहना होगा किसी से अनबन हो सकती है अपने गुस्से पर अपने वाड़ी पर आपको कंट्रोल रखने की यहाँ पर सलाह सितारे दे रहे हैं पार्टनर के मूड का ध्यान रखिएगा नौकरी पेशा और बिजनेस वाले करने लोगों को आज आज अच्छा धन लाभ होता हुआ दिख रहेगा कुल मिलाकर मन खुश हर एक तरफ से आज आपकी जय हो, हो हो विजय होगी करना क्या है आज शिवलिंग पर आपको गंगा जल से अभिषेक करना है वो भी एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा गंगा जल में तब अभिषेक करिएगा अपना रुद्राष्टक का पास वही है नमामि शमीशामूपम और नौकरी पेशा लोग जो हैं इनको आज अपने ऊपर संयम रखना है अपने जुबान पर संयम रखना रहेगा शुभ कलर की बात करें तो वाइट कलर यहाँ पर शुभ कलर है शुभ अंक की बात करें तो अंक आठ आपका हाँ शुभ अंक रहेगा आपको टी नाम डी नाम और के नाम के लोगों से बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है सावधान रहने की जरूरत है तो दर्शकों देखिये ये तो था हमारा मे से लेकर मीन राशि तक का संपूर्ण राशिफल शुभ अंक शुभ रंग महा उपाय दर्शकों देखिए एक चीज छूट गई थी पंचांग में दिशा तो बुधवार को उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि बहुत ही आवश्यक हो तो धनिया खा करके यात्रा करिए तिल की वस्तु आप ले सकते हैं इलायची ले सकते हैं अब आप धनिया पूछेंगे धनिया की पत्ती नहीं जो धनिया आती है मसाले वाली उसकी आप खाके यात्रा कर सकते हैं तो एक उपाय बता देते हैं चूंकि बुधवार दिन रहेगा तो छोटा सा एक उपाय है गणेश जी का उपाय है आज करना क्या है आपको कि पूरा दिन आपका शुभ जाए इलायची ले लीजिएगा नौ इलायची आपको लेनी है और एक एक इलायची आपको ओम गंगा गणपत नमा बोल के गणपति जी को आज आपको अर्पित करना रहेगा चढ़ाना रहेगा धन संबंधी सभी मामले आज आपके जो है सॉल्व होते हुए दिखेंगे तो दर्शकों दीजिए अपनी इस को इजाजत और जो दो चार दिन हमारा दो तीन दिन ये राशिफल नहीं आया है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम दिल्ली से कल ही वापस आ गए थे लेकिन इंटरनेट कनेक्शन ने कल हमको जो है बहुत ज़्यादा निराश कर दिया इसलिए हम लाइव नहीं आ सके तो इसके लिए आप लोगों से क्षमा है अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद इस चैनल पर ऐसे ही बनाए रहिएगा ऐसे ही कृपा दृष्टि रखिएगा और ये परिवार पूर्ण होता जा रहा है यदि आपको भी अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवाना है तो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं शुल्क के साथ फिर हम ये कह रहे हैं कि शुल्क के साथ सुविधा है शुल्क इसलिए रखे हैं क्योंकि भाई ये हमारे जो है आय काय जरिया है कोई हम जॉब नहीं करते हैं कोई बिजनेस नहीं करते हैं यही काम है कुंडली देखने का तो प्लीज इसको अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग भी वर्क करते हैं काम करते हैं नौकरी करते हैं तो आपको भी सरकार या अर्ध सरकारी क्षेत्र या आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो जहां भी आप हैं आपको भी आपके पारिश्रमिक का उचित श्रम आपको मिलता होगा तो इसी तरह हम लोगों का भी ये व्यवसाय है तो इसका भी जो है एक जो अंश बनता है वो लेते हैं तो इसके लिए देखिए प्लीज आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा दीजिए अपने इस को इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम